तो है है मस मस है तो है है है आप लोग लोग उम्मीद सब आज आगे वाला का कांड सेकंड किधर अच्छा मैं को पूछता हूं, क्या कर रहे? अरे लोरू तुआ पे बैठ के क्या कर रहे अरे देख लू जरा तेरे फोन पे क्या चल रहा है अरे भाभी का फोटो तो हैलो गाइस कैसे है आप लोगों उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा आगे ही वाले तो भाई जो जो बंदे अभी तक हिला रहे उन बंदे को बोल रहा हूँ हिलाना बंद करो नया कॉन्फ्रीफाइल लेके आ चुका और आज का जो कॉन्फ्रीफाइल होने वाला ना एक का ज़ाहिर कॉन्फीफाइल होने वाला है मतलब इतने दिनों में जो जो नहीं दे रहा था अब आप दे रहा हूँ गाइस आज का कॉन्फ्रीफाइल एकदम फुल्ली पेड वर्जन कॉन्फीफाइल है बस यही नहीं इसमें लिख के भी आपको मिल जाएगा जो पेड वर्जन कॉन्फ्रीफाइल ये है तो भाइयों हमेशा की तरह मेन आईडी के लिए कॉन्फिग फाइल होने वाला है मतलब अपना मेन आईडी पे खेल सकते हो अपना रियल आईडी पे कॉन्फिग फाइल यूज़ करो आपका आईडी बैन होने का कोई चांस नहीं है मैं वो आपको लिख के दे सकता हूं आपका आईडी बैन नहीं होने वाला क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपका आई बैन हो सकता है देखो मैं हमेशा बोल रहा था अभी भी बोलता हूँ मेरा जो कां मैं आपको देता हूँ मैं अपना आप, जो कांफिकाइल आपको प्रोवाइड करता हूँ वो हैक काउिकाइल नहीं होते कोई हैक्स नहीं होते उसमें थोड़ा सेंसीटिव होता है जिससे आप ट्रैक करोगे तो आपका हेडसेट लगने का चांस पहले से भी तीन गुना ज्यादा बढ़ जाता है बस यही हमारा कॉन्ट्रिक फाइल और कुछ नहीं तो अब बात करते हैं स्पेसिफिकेशन मतलब इस कॉन्ट्रिक फाइल में आपको क्या क्या मिलने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे नो रिक्वल और ड्रग हेडशॉट आपको मिलने वाले हैं। मतलब ऑटो जो ड्रग हेडशॉट है वो हमारा कॉन्टिक फाइल आपको कभी नहीं मिलता और इन फ्यूचर में मिलेगा भी नहीं क्योंकि उससे आपका आईडी बैन हो जाता है तो अप्लाई प्रोसेस जानने से पहले जो जो बंदा हमारा वीडियो ना देख के अभी तक हिला रहे उन बंदों को हमें बोल रहा हूँ हिलाना हिलाना छोड़ो हमारा जो चैनल है इसको जल्दी से सब्सक्राइब करो और साथ में जो घंटा है उसको भी दबा देना जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए देखो सबसे पहले आपको एक्सप्लोर कर लेना है और पासवर्ड को वीडियो में मिल जाएगा फुल वीडियो देखो अब जो भी खेलते हो उसको कॉपी पे का फिर कट कर सकते हो तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ फिर आपको कुछ नहीं करना है आपको डिवाइस में बड़े चले जाना है सिंपली फिर आपको एंड्रॉयड पे चले जाना है जैसा जैसे, है, जैसे है, फिर डेटा पे चले जाइए जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ और सिंपली सुबह से स्कोल डाउन करके या फिर बस अप्लाई टू रिप्लेस करके पेस्ट कर देना है